किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में ज़िंदगी ढूंढना ही ज़िंदगी है लेकिन जिंदगी में जिंदगी को ढूंढकर भी जिंदगी नहीं मिलती